चांद के बारे में मजेदार फैक्ट फैक्ट नंबर वन अब तक सिर्फ 12 मनुष्य चांद पर गए हैं पिछले 41 साल से चांद पर कोई आदमी नहीं गया है फैक्ट नंबर टू चांद धरती के आकार का सिर्फ सताइस प्रतिशत हिस्सा ही है फैक्ट नंबर थ्री चांद का वजन लगभग इक्यासी अरब इक्यासी अरब टन है फैक्ट नंबर फोर पूरा चांद आधे चांद से नौ गुना ज्यादा चमकदार होता है फैक्ट नंबर अगर चांद गायब हो जाए तो धरती पर दिन मात्र घंटे का रह जाएगा। फैक्ट नंबर छेगा जब अंतरिक्ष यात्री एलर से पर चांद पर थे तब उन्होंने एक गोल्फ बॉल को हिट मारा जो कि तकरीबन 800 मीटर दूर तक गई आप ऊपर दी वीडियो में देख सकते हैं फैक्ट नंबर सेवन अगर आपका वजन धरती पर 60 किलो है तो चांद की लो ग्रेविटी की वजह से चांद पर आपका वजन 10 किलो ही होगा। Fact no. 8 जब सारे अपोलो अंतरिक्ष यान चांद से वापस आए तब वह कुल मिलाकर दो सौ चटानों के टुकड़े लेकर आए जिनका द्रव्यमान वजन तीन किलो था फैक्ट नंबर नाइन मून का सिर्फ उनसठ हिस्सा ही धरती से दिखता है फैक्ट नंबर टेन चांद धरती के घूमते समय अपना सिर्फ एक हिस्सा ही धरती की तरह रखता है, इसलिए चांद का दूसरा पासा आज तक धरती से किसी मनुष्य ने नहीं देखा परंतु चांद के दूसरे हिस्से की तस्वीरें ली जा चुकी हैं। फैक्ट नंबर इलेवन चांद का व्यास धरती के व्यास का सिर्फ चौथा हिस्सा है और लगभग उनचास चांद धरती में समा सकते हैं फैक्ट नंबर ट्वेल्व क्या आपको पता है चांद हर साल धरती से चार सेंटीमीटर दूर खिसक रहा है अब ऐसी पचास अरब साल बाद चांद धरती के इर्द गिर्द एक चक्कर सैतालीस दिन में पूरा करेगा जो कि अब 27.3 दिनों में कर रहा है पर यह होगा नहीं क्योंकि अब से 5 अरब साल बाद ही धरती सूर्य के साथ खत्म हो जाएगी फैक्ट नंबर थर्टीन नील चांद पर जब अपना पहला कदम रखा तो उससे जो निशान चांद की जमीन पर बना वह तक है और अगले कुछ लाखों सालों तक ऐसा ही रहेगा क्योंकि चांद पर हवा तो है ही नहीं जो इसे मिटा दे फैक्ट नंबर नील जब पहली बार चांद पर चले थे तो उनके पास राइट ब्रदर्स के पहले हवाई जहाज का एक टुकड़ा था क्या आपको पता है कि 1950 के दशक के दौरान अमेरिका ने परमाणु बम से चांद को उड़ाने की योजना बनाई थी Fact number 16, सौर मंडल के एक सौ इक्यासी उपग्रहों में चांद का आकार पांचवें नंबर पर है फैक्ट नंबर सेवनटीन चांद का क्षेत्रफल अफ्रीका के क्षेत्रफल के बराबर है फैक्ट नंबर एटीन चांद पर पानी भारत की खोज है भारत से पहले भी कई वैज्ञानिकों का मानना था कि चांद पर पानी होगा परंतु किसी ने खोजा नहीं फैक्ट नंबर अगर आप अपने इंटरनेट की स्पीड से खुश नहीं हैं तो आप चांद का रुख कर सकते हैं जी हां, नासा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए चांद पर वाईफाई कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराई है जिसकी 19 मिलीविट प्रति सेकेंड की स्पीड बेहद अंगेज है फैक्ट नंबर ट्वेंटी चांद के दिन का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है जबकि रात का डिग्री सेल्सियस तक। फैक्ट नंबर 21 डिग्री पर मनुष्य द्वारा छोड़े गए छियानवे बैग ऐसे हैं, जिनमें चांद पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों का मल मूत्र और उल्टी है फैक्ट नंबर 22 धरती पर अगर चंद्र ग्रहण लगा है तो चांद पर सूर्य ग्रहण होगा फैक्ट नंबर 23। अमेरिकी सरकार ने चांद पर आदमी भेजने और ओसामा बिन लादेन को ढूंढने में बराबर टाइम और पैसा खर्च किया 10 साल और 100 करोड़ डॉलर इफ यूक्राइब